नमस्कार दोस्तों सत्य मशूल स्ट्रीट में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं महामंगल कॉलोनी में मक्सर रोड बाईपास पर ये बीस पचास का प्लान है इसके पास में आप देख सकते हैं इधर पंद्रह पचास की साइड में भी मकान अभी तैयार हो रहे हैं हमारे पास तो आइए इसका आप बीस पचास का प्लान देखते हैं कि किस तरह से बनाया गया है उसमें क्या क्या सुविधाएँ आपको दी गई है चलिए यहाँ पर बाहर में पोल दिया गया है इस तरफ बाइक के लिए पार्किंग दी गई है नहीं से केस दी गई है, तो स्क्रीनिंग लगी हुई अच्छी, पर रोशनी के लिए एक बढ़िया झंडो दिया गया है का अच्छा हो पाता है इसमें बढ़िया आपको पाल दिया गया है टाइल्स देखना है। हैं टाइल्स दो हुआ है साइज की दी गई है डिजिटल टाइल्स इस तरफ जहां पर किचन बनाया हुआ है से किचन पूरा मॉड्यूल दिया गया है किचन पूरा मॉड्यूल बनाया गया है और टॉप जो इसका है वो ग्रेनेट का दिया गया है इस तरफ सिंह है यहाँ पर तरफ है अगर। इस तरफ जो है यहाँ पर एक काउंटर टॉप दिया गया है यहाँ पर आपका एसिन लग सकता है यहाँ पर राइट हेंड पे यहाँ पर बाथरूम दिया गया है यहाँ पर कुछ बेडरूम दिया गया है बेडरूम सात का नौ साढ़े पार्लर है दिया गया है मास्टर बेडरूम की दीवार पर एक बढ़िया बढ़िया है है और पीओपी किया गया पीछे वेशन यहाँ पर स्पेस दिया गया है पर आप से लगा सकते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको मकान हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए